दोस्तों आज के टाइम पे कोई अपनी शादी में लग्जरियस कार या फिर कोई हेलीकॉप्टर के सपने देखता है लेकिन इन भाई सब का अलग ही वेक है और ये कोई एरे गेरे इंसान नहीं एमपी पृथ्वीपुर थाने के एस टी ओ पी और ये एमपी निवाड़ी के रहने वाले हैं सर को दिल से थैंक यू कहने का मन करेगा क्यूँकी सारी सुविधाओं के बावजूद अपनी सांस्कृति को जिंदा रखे हुए है ऐसे ही आगे भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग